The person you are trying to call is currently busy. कर, मार के तो को बस के सारा गाना गाना है ना ना है तेरी बेटे का मेको बारे वाई भी वाई बचा Se ahí y ahí me, me la dejo, no, técnica bacuaya, eh, que me dio el palo, que ahora te pusiste a tener los ojos, me tuve hambre, te dije nada, no te doy, como hago, me di cuenta, eh, para escuchar a Jeffrey para, porque se quita, me fue de balada, porque se pilla en la vía, se me va a salir ni pata, todo tu cuchillo no se la llega, no esta, no esta, me busco la cara, me la quita, porra, me ni falta, me parece que se te mucha pipa, pero no me hace ni esa jaba, que bache me dice, te doy, pa, porro, aguadito हुआ पाल न पा पढ़ त महदुआ मैं व मेरा हक जो सब छीन लूँगा मैं जो मेरा कोई नहीं किसी का ना हुआ मैं